नरसिंह पटवाल प्रदीप नयी के साथ थोड़ा हमने सोचा था कि पाटा थोड़ा प्याज मिल जाए और दोनों लोग सुबह अभी को कोई आठ बजे हम घुजार से चले थे और यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधान बड़े भाई साहब श्री लाल सिंह और और उनको उनके दुकान से हम लोग ये पंद्रह पंद्रह किलो आलू ले गए और उनने कहा ठीक है कि मैंने कहा आप लोग आएँ और प्याज मिलेगा आपको तो सबने कहा चलो ठीक है थोड़ा बहुत थोड़ा घूमघाम भी हो जाती है पार्टी की तरफ और अच्छी मेहनत और बहुत मेहनत मैं थोड़ा मैंने अब एक बार पहले भी, भी आपको बताया था बजट से था पाटा गाँव और रामपुर और फतेहपुर ये तीन गांव ऐसे बड़े मेहनती गांव है पानी भी भरपूर है देख भी पूरी है और लगन से काम करते हैं बहुत अच्छा अब मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा प्लान को रोकने का भी बहुत अच्छा तरीका है और पाटा में सर सिरे आप तो लोग घूम रहे हैं पाटा मंदिर को थोड़ा पटी में रख रहे हैं जय महादेव और ये पुल और इस, पाटा इस, पुल इस, पाटा इस बहुत अच्छा है यहाँ से पूरा जो व्यू आप जो देख रहे हैं सारे इसे इधर अभी कहीं कहीं और खड़ा है अभी बहुत सारे निकालता है एकदम अभी खड़ा है तैयार है और तैयार है बिल्कुल लगभग तीस दिन प्रधान जी से हमने बात की श्री लाल सिंह प्रधान जी से हमने बात की पाटा की पूर्व प्रधान जी से उन्होंने कहा करिए पटाल जी आप लोग हैं बिल्कुल आप तैयार रहिए और 30 दिन लगेगा तो हम फिर मौका मिलेगा तो प्याज के लिए भी हम लोग आएंगे और इसी छोटी सी यात्रा के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ग्राम सभा पाटक की सभी समस्त महिलाओं का बुजुर्गों का ग्रामवासियों का बड़ी मेहनत से प्याज यहाँ पर होता है आलू सब्जी यहाँ पे होता है और बहुत अच्छी खेती का भी बहुत अच्छा पार्ट ऐसा गाँव है बचड़ सिंह का सबसे परस्पर गांव जो माना जाता है फतेहपुर रामपुर और पाता पूरा बजट से उनका और जनादे हैं मेहनती हैं और बिल्कुल देख रेख करते हैं जान जंगली जानवरों से भी और फसल को बिल्कुल अपने लिए भी रिश्तेदारों के लिए भी और इवन जो है थोड़ा इनकम भी जनरेट होते हैं उनका बहुत अच्छा ऐसा होना चाहिए सारी महिलाओं को बुजुर्गों को युवा साथी को और थैंक्स थैंक्स करना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद